हेलो गाइज आज मैं आपको है ना होममेड ओरियो शेक बनाना सिखाता हूँ सबसे पहले हमें दूध चाहिए और शुगर चाहिए क्रीम होममेड ये चॉकलेट सिरप है आप है ना हेर का चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हो और ओरियो बिस्किट चाहिए और फर्स्ट ऑफ हमें एक जग चाहिए होगा उसमें हम एक ग्लास मिल्क एड करेंगे और शुगर ए दो तीन चार टेबल टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हमें क्रीम ऐड करनी होगी एक दो तीन तीन टेबलस्पून हमें क्रीम ऐड करनी है उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे दो टेबलस्पून और दो ओरियो शेक डालेंगे एक गिलास के लिए दो ओरियो बिस्किट क्रश करके डालेंगे इसके बाद हमें चाहिए होगा एक हैंड ब्लेंडर, इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आप तो इसके लिए मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए इसके बाद हमें इसको ब्लेंड ब्लैंड के बाद हमें इसको बाहर से आउटसाइड से ग्लास को गार्निश करने के लिए चॉकलेट सिरप यूज कर सकते हैं और शुगर पाउडर ये देखिए गाइस आप इसको बाहर से ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं गाई ये मैंने ना अपने चॉकलेट चॉकलेट कंपाउंड से अपने होममेड चॉकलेट सिरप बनाया हुआ है तो so अब हमें को इसको ग्लास में डालना है ये आपका ओरियो शेक रेडी और गार्निश के लिए हमको ऊपर से एक क्रश करके ओरियो डालना है और ये लीजिए गाइज आपका ये ओरियो शेक रेडी एक रेडी हो चुका है आप अगर जो अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे